की मुझे ही रास नहीं दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई रास नहीं सब पहले मिटे न आके और देते हैं मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं मेरी तकदीरों